फर्स्ट टाइम सीडी रहा है, यस, यस, बेबी कम ऑन, वेरी नाइस, चल जा दौड़ो ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग मैं औरगी टेरिस पे आ गए हैं बड़े दिनों बाद आज सुबह सुबह सुबह के अपने को थोड़ी लेट हो गई है सात बज रहा है अभी तो हम अपने पुराने शेड्यूल से थोड़ा लेट पे हम सात बजे कभी आ नहीं आते हम आते हैं यहाँ पे तो साढ़े छः बाढ़े छः तक आ जाते हैं थर्टी मिनट्स देरी से है थोड़ा बहुत तो चलता है आँखें मेरी बंद इसलिए हो रही क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई है लेट हो गए ना तो धूप निकल आई देखो जरा बहुत तेज धूप है ऑगी मस्त खेल रहा है टेरिस पे इतने दिनों बाद आकर के लेकिन आज जो ओगी ने काम किया ना अभी आप लोगों ने जो देखा सीढ़ी चढ़ता हुआ आया है ये खुद से अच्छी बात है बड़ा हो रहा है धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना वड़ना सीख गया है थोड़ी इसकी फटती है सीढ़ी चढ़ने में उतरने में तो खासकर फ्राइडे है फर्स्ट अक्टूबर कल गांधी जयंती होगी तो कल ऑफिस की छुट्टी है फिर संडे हो जाएगा तो दो दिन की छुट्टी आज ऑफिस करने के बाद अच्छा लगता है जब ऐसी छुट्टी आती है दो दिन छुट्टी लगातार देखो मैं हर बार आता हूँ बोलता हूँ ये घर कितने सुंदर बने हुए हैं स्पेशली वो वाला बहुत सुंदर बने हुए हैं धूप वाकई बहुत तेज है चमक रही है आंखों में गंदी वाली आगी क्या खेल रहा है बेटू खूब दौड़ी लगाई जा तू वो गंदा हो ही जा खेल ले बेटा खेल ले बड़े दिन बाद टेरिस पे आया ना सारी मौजें पूरी कर ले नीचे हो चुका है। मैं बस इसको पब्लिश मैं कोशिश तो पूरी यही कर रहा हूँ की डेली सीरीज में ब्लॉग निकालू डेली के डेली ब्लॉग निकालू उससे अपना थोड़ा एलगोरिदम भी अच्छा होगा यूट्यूब का यूट्यूब अपने को पुष भी देगा और मेरे को काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा प्रोडक्टिव लग रहा है कि मैं डेली के डेली कुछ अपना काम कर रहा हूँ इट फील्स वेरी गुड और आप लोग को भी एंटरटेनिंग लगता है कई लोगों ने मेरे से बोला यार तो डेली ब्लॉग्स का तुम्हारे इंतज़ार रहता है सुबह नाश्ते के टेबल पे बैठते हैं तुम्हारा ब्लॉग्स देखते हुए नाश्ता करते हैं अब तो बस इंतज़ार रहता है कि कब तुम्हारा ब्लॉग आएगा तो ये सारी चीज़ें ना सुन के अच्छा लगता है तो यही सब मोटिवेट करता है कि भैया रोज़ डालो रोज़ अपलोड करो रोज़ वीडियो बनाओ लेकिन सच बताऊँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्यों क्योंकि मेरे को ख़ुद अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट भी करते हो तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो यार जो लोग मेरा चैनल देखते हैं मेरी वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार और जब देख रहे हो ये वीडियो तो यार लाइक तो ज़रूर मारी दो अगर पसंद आ रही है तो यहाँ तक और यार कुछ कमेंट तो कर ही दो यही लिख दो कि अच्छा बनाते हो या बुरा बनाते हो ये सही करो वो सही करो एनी चलो शिल्पी पब्लिश पब्लिश पब्लिश। पे पे क्लिक करो, पे क्लिक करो, करो, ये ये हो गया ये, तुमने पहली वीडियो पब्लिश करी YouTube पे कैसा लग रहा है आपको कैसे शेयर, होगी? कैसे शेयर होगी बताते हैं नहीं ऐसे नहीं ये नहीं करना है तो so, मैडम शिल्पी वॉट इनक पोहा वाओ, पोहा, I love पोहा, you know this, I love पोहा। पोहे में अगर वो तो क्या? अनार, के ओ, ओ, अनार नहीं है अपने पास। बैठ, लेके आऊं अभी? नहीं। जब पोहा बनाना रहा कर तो बता दिया घर पे ले आऊंगा अगर खत्म है तो अब बताओ लंच में क्या रख रहे हो राजमा राज, मचावल। राज, मचावल। कल वाले राज तो ऐसे ही होता है कभी-कभी मतलब -कभी -कभी -कभी राजमा तो आप दो दिन चला सकते हो जिस दिन बने उस दिन और नेक्स्ट डे ऑगी ने अभी अभी फ़ूड खा लिया है अब ऑगी है आजकल बहुत ज़्यादा शैतान हो गया धीरे जो इसको बहुत दिन बाद देखता है ना कहता है की यार ये तो बड़ा सा दिख रहा है ये तो बड़ा सा दिख रहा है तुम पोहा वोहा बनाओ में जा रहा हूँ नहाने को टाइम क्या हो रहा है टाइम हो रहा है आठ बज के पच्चीस मिनट नहा के आता हूँ फिर बैठते हैं आराम से थोड़ा देर बैठ लेंगे ना नहाते के टाइम पे आराम से है ना अरे थोड़ा टाइम बिताएंगे ताँग आपके साथ फिर आप कहते कहती है नहीं नहीं फिर आप कहते हैं, नहीं देते हैं। भाई तो नहीं कहते है। सही बात कहो सबको बुरी लगती है, है? मतलब इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ नहा के बैठते हैं फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है ब्रेकफास्ट हम लोग रोज साथ में करते हैं डिनर हम लोग साथ में करते हैं लंच में मैं ऑफिस जाता हूँ इसीलिए अलग अलग हो जाता है है मामला पता तुम्हें तुम्हें तुम्हें सब चीज फिर भी तुम्हें मैं मतलब मैं टाइम देता सपनों oh! yes. सपनों में सपनों में नहीं हकीकत में भी uh, चलो मैं जा रहा हूँ मोमेंट्स लेटर तो ठीक है फ्रेंड्स मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ अपना नाश्ता आज नाश्ते में बनाए पोहा प्रोटीन थैंक्स अलॉट लंच भी रेडी हो गया ले जाने के लिए एवरी थिंग इज पैक एंड रेडी बस ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए आज मैं लेट नहीं हूँ आज मैं टाइम पे हूँ फॉर अ चेंज मिलते हैं शाम को ऑफिस से आने के बाद हेलो गाय तो मैं ऑफिस से वापस आ गया औरगी और शिल्पी एज यूजल खेल कूद रहे हैं और मेरी एनर्जी हो गई है ड्रेन आउट तो मैं तो बनाने जा रहा हूँ अपने लिए ग्लूकोज तो बॉल के साथ मस्त खेलता खेलताओगी वो तो देखो मुंह में बॉल दबा लिया भाग रहा है इधर से मैडम आज गई थी मार्केट मार्केट से लाई है मेरे लिए पेस्ट्रीज चौको पेस्ट्रीज ये थोड़ी सी बिगड़ गई है लाते वक्त थोड़ी हिलडुल गई हैं तो थोड़ी दिक्कत आ गई है थैंक यू वेरी मच शिल्पी इतना ख्याल रखने के लिए मेरा मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तुम्हारी तो अभी अपन लोग ये ये बहुत ही ज़्यादा है की जस्सी बेकरी ये जो तो यहाँ पे है सेंटर पॉइंट अच्छा सेंटर पॉइंट जस्सी बेकरी देखा है तुमने याद नहीं आ रहा वो बहुत गलियों में जाके तुमने देखा ही नहीं होगा तबाही मचाई है इसको खा करके लेकिन अब जरा सी बची है इसको खाने का मन नहीं कर रहा तो पैक कर रहे हैं फिर से इसको तो डिब्बे को पैक करना अपने आप में एक कलाकारी है जो की शिल्पी को आती है मुझे नहीं आराम से बचने के लिए छूट मत बोला करो डब्बा सबको बंद करना आता है मुझे नहीं एक आता एकदम बेवकूफ हो क्या है नहीं मतलब जस्सी जैसी कोई नहीं, जसी जसी, कोई नहीं। बोलेंगे जस्सी जैसा जस्सी केसी के के, की पेस्ट्री जैसा कोई नहीं उस दिन हम खा के आए थे और दिखा के दिखाते अच्छा वो डार्क कोको वाली वो तो बेकार थी वो डार्क चॉकलेट थी उसने हमें बेवकूफ बनाया था Actually, मेरे दांतों में ट का चाहे मेरे को, अच्छा, को दिलवाया है आज डिनर बाहर से आएगा क्यों क्योंकि आज है फ्राइडे नाइट फ्राइडे नाइट मनाएंगे हम लोग बाहर से डिनर लाएंगे टिक्के चिकन कुराना कुछ भी बोल देना नहीं मतलब नॉट चिकन कुराना हम लोग सादा वेज खाना खाएंगे वेजिटेरियंस के साथ रहने हाँ जी दसो जी वेजिटेरियन के साथ क्या मतलब नहीं मतलब वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके साथ हम वेज खाना खाते हैं ऐसा ऐसा कुछ लोड नहीं है मैं नॉन वेज खा सकता हूँ ये वेज खाती है ऐसा कुछ हमारे बीच कोई इशू नहीं है पहले से बात चीज़ फिक्स्ड है हमारी कि मैं नॉनवेज खा सकता हूँ और ये नहीं खाए तो चलेगा लेकिन तुम फिर घर में नहीं रहोगे ये ये तुम बताना हो आधी बात वो एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ था ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला जो एस्ट्रिक छोटा सा एक जगह होता है बस सिर्फ एक मिरर का रिफ्लेक्शन है ऑगी हाँ भौंक रहा था तू इसपे भौंक क्यों रहा था इस पे बी टू ऑगी को डिनर दे दिया है ऑगी डिनर खा रहा है मस्त पानी में लगी हुई ब्रेड है और थोड़ा सा डॉग फूड मिला हुआ है है दिया किसने मैडम आपने दिया है और किसने दिया है तो ठीक है गाइस अपन भी जाते हैं खाना वाना खाते हैं क्योंकि फिर मेरे को जल्दी सोना है क्योंकि जल्दी उठना है क्योंकि ब्लॉग एडिट करना है तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं यहाँ तक वीडियो देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टिलेर स्टे से